हेलो फ्रेंड्स आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी में बहुत बहुत स्वागत है यहाँ हम सारी नेचुरल रेमिडीज़ के बारे में बात करते हैं आज हमें घरेलू नुस्खा आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो ना सिर्फ आपके बालों के लिए अच्छा होगा साथ ही आपको साथ ही आपको गोरी और साफ सुथरी त्वचा भी देगा आइए इस नुस्खे की शुरुआत करते हैं इस नुस्खे की शुरुआत करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको बाजार में मिलने वाले जितने भी केमिकल्स हैं जो भी शैम्पू हैं जो बहुत हार्श होते हैं उन सबको आपको बाय बाय कहना होगा और इस घरेलू उपाय को आजमाना होगा इसके लिए आपको पांच चीज़ों की ज़रूरत होगी सबसे पहले हम लेंगे पटेटो और उसके साथ लेंगे थोड़ा राइस फ्रेश एलोवेरा जेल अगर आपके पास अवेलेबल है तो ले लीजिए अदरवाइज मार्केट वाला ले लीजिए थोड़ा सा एक चुटकी भर हल्दी और साथ में कच्चा दूध इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से एक मिक्सी में पीस के एक फाइन पेस्ट बना लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं इस पेस्ट को हमें अपने बालों की जड़ों में लगाना है ये सारी चीज़ें पांचों चीज़ें मिलके ये आयुर्वेदिक का बहुत ही जाना माना और आज़माया हुआ नुस्खा है बालों की जड़ों पर लगाएंगे ये आपके बालों को अच्छी ग्रोथ देगा बालों का टूटना बंद कर देगा वॉल्यूम बढ़ाएगा और साथ ही आपको इसे अपने चेहरे पर भी लगाना है चेहरे पर चारों तरफ धीरे धीरे स्क्रब करते हुए आप लगाइए और ऊपर की तरफ को आप लिफ्ट कीजिए जब आप इसे ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे तो आपकी जो रिंकल्स होंगे वो भी ख़त्म होंगे स्क्रबिंग होगी तो जो डेड स्किन सेल्स हैं वो भी जाएंगे और लगाने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देना है जब आप थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे 15 मिनट के बाद आपको अपना फ़ेस वॉश कर लेना है फ़ेस वॉश करने के बाद आपको लगभग एक से डेढ़ घंटे बालों को इसी तरह से रहने देना है फिर एक माइल्ड शैम्पू से आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए फिर उन्हें आप एयर ड्राई कीजिए ध्यान रखिएगा कि बालों को आपको बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है बहुत ही हल्के हाथों से पूरा धोना है फ्रेंड्स आप इस नुस्खे को आजमा के देखिए बाजार से आपको कुछ भी नहीं लेना है सारी चीज़ें सब इंग्रेडिएंट्स आपको अपने घर में आपके किचन में मिल जाएंगे तो फ्रेंड्स इस तरह से आपके बाल और आपकी स्किन दोनों ही बहुत अच्छी हो जाएंगी वो भी बिना किसी पैसों के इसी तरह के घरेलू नुस्खों के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए धन्यवाद